बंदे का जब मन टूट जाता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता दुनिया की सारी बातें सारा ज्ञान उसे पहले से पता होता है लेकिन उस वक्त दिमाग काम नहीं करता